नमस्कार स्वागत अभिनंदन मैं ज्योतिर्विद आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक 18 जनवरी का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है और मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज हाल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या है आज दिव्य उपाय डेली हॉरस्कोप इन हिंदी क्या कहता है आप सभी लोगों के लिए लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आज का पंचांग इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है ज्योतिष का तिथिवार नक्षत्र योग करण इन पांच अंगों से मिलकर के पंचांग की उत्पत्ति होती है तो विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर दर्शकों अठारह जनवरी रहेगा और शनिवार दिन रहेगा जो आज तिथि रहेगी ये कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि रहेगी ब्रह्मा वैवर्ष पुराण पर आ जाते हैं उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि नौमी तिथि के दिन लौकी का सेवन किसी भी कार से नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही होती है नक्षत्र रहेगा स्वाति राहु का नक्षत्र है इसके बाद विशाखा जो कि जुपिटर का गुरु का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा तैतीलिस के उपरांत गर करण रहेगा योग रहेगा धृती इसके उपरांत शूल योग रहेगा दर्शकों राहु काल पर आ जाते हैं राहु काल एक ऐसा समय होता है एक ऐसी बेला होती है कि आप लोगों को बिल्कुल भी शुभ कार्यों को नहीं करना है तो सुबह नौ बजकर अड़तीस मिनट से दस बजकर सत्तावन मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा यदि आपको शुभ कार्यों को आज करना है तो ग्यारह बजकर पचपन मिनट से बारह बजकर मिनट के बीच कर लीजिएगा बहुत ही अच्छा समय रहेगा विजीत मुहूर्त का रहेगा यदि आप इससे चुक जाते हैं तो फिर अमृतकाल में करिएगा इसके जस्ट बाद आएगा चार बजे से लेकर के और शाम को साढ़े पांच बजे तक का जो समय रहेगा ये अमृत काल का रहेगा इसमें आपके कार्यों की सिद्धि होगी चंद्रदेव तुला राशि में चलायमान है सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि कैप्रिकॉन मकर राशि में चलायमान हो चुके हैं इसके साथ साथ दर्शकों देखिए दिशाशुल की बात करते हैं शनिवार दिन रहेगा और, पूरब दिशा और दिशा रहे पूर्व दिशा की ओर का दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा की ओर भूल से भी आज यात्रा मत करिएगा यदि करना पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि अदरक का सेवन करिएगा तब आप आज यात्रा करिएगा और पहले पश्चिम की ओर चार पक चलिएगा तद उपरांत पूर्व की ओर आपको चलना रहेगा तो तो ये तो था हमारा देखिए पंचांग बहुत ही संक्षेप में हमने आपको बताया है अब बढ़ते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबरों पर कर सकते हैं। साथ ही साथ से कर के मीन राशियों का विस्तृत हमारे चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं कैरियर राशिफल सभी का हमने बता दिया है उससे संबंधित उपाय बता दिया है कि इस वर्ष को यदि आपको अपने कैरियर के क्षेत्र में शुभ बनाना है तो क्या उपाय करें यदि आप आर्थिक क्षेत्र में साल दो को शुभ बनाना चाहते हैं तो क्या ऐसे दिव्य उपाय करिए मेष से लेकर के मीन राशि पर पड़ा है, यदि आप किसी से प्यार करते है तो क्या इस साल आपका विवाह संभव है बन चुका है शनि का जो गोचर होने वाला है चौबीस जनवरी को इससे संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं बढ़ते हैं राशिफल पर और राशिफल में हमारी पहली राशि आती है मेस राशि राशि तो मेष राशि के जातकों आज का दिन शानदार रहने वाला है करियर में उन्नति के लिए आज कोई नया जो है कनेक्शन आपको किसी नए प्रभावशाली व्यक्तित्व का साथ मिल सकता है किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए काफ़ी उत्तम और अच्छा रहने वाला है आज आप जो भी फैसला करेंगे उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा यात्रा से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा मेष राशि के जातक जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं आज सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कोई विरोध प्रदर्शन भी आप लोग कर सकते हैं मान सम्मान आज आपका बढ़ेगा स्वास्थ्य आज आपका जो है फिट रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कन्याओं को भोजन कराइए तरक्की के नए मार्ग आपके प्रशस्त होंगे शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक टॉरस वृषभ राशि डेली हॉरोस्कोप इन हिंदी क्या कहता है तो आज का दिन खुशियाँ ले करके आया है साहब आज आपका तीर उस निशाने पर जा करके लगेगा जहाँ आप सोच रहे थे आज पेशेंस को अपने धैर्य को बनाए रखने की जरूरत है कि आज आपने जो चाहा था वो आपको मिलेगा ऑफिस में आज आपके बैठने में स्थान परिवर्तन का योग दिखाई पड़ रहा है अपनी शारीरिक ऊर्जा का स्तर आज आपके बहुत बढ़ चढ़ करके रहेगा साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए किसी मामलों में आज आपको मदद मिल सकती है आज का दिन छात्रों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको कोशिश करना रहेगा कि दशरथ कृष्ण शनि का पाठ करिए और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा छ तो डेली हॉरोस्कोप इन हिंदी मिथुन राशि के लिए जेमिनी राशि के लिए क्या कहती है आज का राशिफल आज का ताज़ा राशिफल कह सकते हैं क्या कहता है तो देखिए आज आप लोगों के व्यवहार में बहुत ही अधिक सौम्यता आती हुई दिखाई पड़ रही है दोस्तों के साथ दिन आज आपका बहुत अच्छा बीतेगा साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ आज आपके जो समय हैं बहुत अच्छे एक्सपेंड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिवार वालों का आज आप को भरपूर सहयोग भरपूर साथ मिलेगा खास करके जो महिला वर्ग है इनको आज कोई नौकरी या जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आप लोग अपने बारे में सोचते हुए दिखाई पड़ेंगे कोई नया सामान कोई नया वाहन वगैरह क्रय करने का योग बन रहा है आज उम्मीद से अधिक आपको लाभ होगा संतान पक्ष से आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके संतान विदेश जाने के यदि इच्छुक हैं पढ़ाई के लिए तो उससे संबंधित कोई जो है आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज पीपल के वृक्ष में जाना रहेगा और आपको जलार्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो है हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तो कर्क राशि के जात को तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा जैसा कि पूर्व दिन आपके लिए बड़ा बेकार गया था तनाव भरा गया था वैसा नहीं रहेगा आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा बीतेगा आपके मन में आज किसी दूसरे के प्रति दयालुता आती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आज प्रतिस्पर्धा आपसे जो प्रतिस्पर्धी आपसे ज्वेलसी कर रहे थे इर्शा कर रहे थे ये खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है ऑफिस में कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का आज आपको सहयोग मिलेगा कोई रिजल्ट यदि आपके लिए आने वाला है तो उसमें सकारात्मक परिणाम कर्क राशि के जातकों को प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज का दिन व्यवहारिक प्रवृत्ति से काफी खुशमिजाज रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करना रहेगा शुभ कलर रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा चार सिंह राशि के जातकों आज का दिन नई नौकरी लेकर के आया है नया सवेरा है नया आज आपको सूरज जो निकलेगा आपके मन में एक ऐसी जो है नई विचारधारा डालेगा जिसको आप आगे भविष्य में ले जा कर के मूर्त रूप दे सकते हैं कोई नई नौकरी कोई नया रोजगार कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब आज आपका इंतजार कर रही है कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपके पक्ष में कोई फैसला आता हुआ दिखाई पड़ रहा है मन में जो तनाव आज आपके चला आ रहा था वो दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज साथी के साथ आप लोग वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो सिंह राशि के के के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि पीपल वृक्ष पर दूध में काला तिल डालकर डालकर और थोड़ा सा शहद ओम मंत्र से जलार्पण करिए जो है दूध मिश्रित जल आपके लिए अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच वहीं कन्या राशि के जातकों आज आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक समारोह में प्रतिभाग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में बहुत ज़्यादा चिंता का जो है आ, समावेश हो सकता है जो कन्या राशि के जातक हैं कानून से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है कोई नई नौकरी कोई नया रोजगार आपका भी आज इंतजार कर रही है आर्थिक स्थिति थोड़ी सी आपकी कमजोर हो सकती है और घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा किसी पैतृक संपत्ति की भी आज आपको प्राप्ति हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो काले तिल का दान धर्म स्थान पर आप लोग करिए शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा ये रहेगा नौ तुला राशि के जातकों आज का दिन जो लोग कॉस्मेटिक फील्ड से जुड़े हुए हैं जो लोग कपड़ों से संबंधित काम करते हैं जो लोग केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आज उनके लिए सफलता दिन खास करके जो है आज किसी पुरानी बात को विवाद के रूप में आप लोग बढ़ावा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं शाम तक की अच्छा धन लाभ होगा व्यापार आज आपका अच्छा चलेगा पूर्व में यदि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है तो आज आपको वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि बजरंग बाढ़ का आप लोग पाठ करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक रहेगा सात तुला के बाद जो हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के लोग आज पुराने दोस्त और रिश्तेदारों से भी आज, आज आपकी मुलाकात हो सकती है वहीं कहीं घूमने फिरने का आज आप लोग प्लान बना सकते हैं जो लोग आ, मास काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते हैं तो उनके कुछ जमीन इत्यादि आज बिक्री होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आज किसी नए वाहन को क्रय करने का योग बन रहा है धन खर्च आज ज़्यादा होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा सात बादाम आज लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रखिए आपको धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो दोनु राशि के जातकों को तो प्रमोशन में आज नए रास्ते आपको मिलेंगे आज आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा आज, आज आपको कोई उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसा काम दिया जाएगा जो आप चुनौती लेते हुए और अंजाम तक की अंत तक की पहुंचा सके इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं मल्टी जो है मतलब लेवल पर आज आपकी इनकम ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही मतलब एक साथ इनकम के दो चार जरिए बनेंगे कोई अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी आज आपको मिल सकता है आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर के आया है आज आपकी संतानें आपके कथनानुसार चलेंगे साथ ही साथ आज जीवन साथी की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा कोई मांगलिक कार्य हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए आप लोग कोशिश कीजिएगा दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का पाठ कीजिए चूंकि शनि की साढ़े भी चल रही है साथ ही साथ आज हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके को लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज मेहरून और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन मकर राशि के जातकों कैप्रिकॉन वालों आज एक्स्ट्रा इनकम का लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज शत्रु आपसे परास्त होंगे रोग आपसे परास्त होंगे घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा भाइयों के साथ किसी बात को लेकर के आपकी मतभेद हो सकती है वैचारिक मतभेद उभर कर आ सकता है कोई नए रोजगार को यदि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी आ, संतान पक्ष से थोड़ा सा सावधान रहिएगा आज उनको कोई चोट चपेट इत्यादि लग सकती है साथ ही आज के दिन गाय को पालक में काला नमक डालकर खिलाएं तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा सात कुंभ राशि आज का राशिफल क्या कहता है तो कुंभ राशि के जातकों आज करियर में सफलता के अच्छे आयाम आपको स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं इनके लिए भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आज का रहने वाला है इनको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही संतान पक्ष से भी कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी कोई नए प्रेम संबंध की जो है आज आपकी शुरुआत हो सकती है आज का दिन नए रोजगार के सृजन का भी जो है दिन है कोई नया रोजगार आज आपको प्राप्त हो सकता है फिर चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो जो लोग सेल्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं अकाउंट्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है कोर्ट दशरथ के आज आज पाठ करना तो स्टार्ट कर दीजिए साथ ही साथ शनि के वैदिक मंत्र का एक सौ आठ बार आप लोग जाप करिए भगवान भोलेनाथ पर दूध में काला तिल डाल करके अभिषेक करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जात को आज परिवार वालों के साथ वीकेंड पर कहीं घूमने हिल स्टेशन इत्यादि पर बाहर जा सकते हैं आज का दिन चुनौती भरा रहने वाला है वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज आपको भाग्य का साथ आपके व्यापार में आपके बिजनेस में मिलेगा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है का सहयोग मिलेगा मनपसंद स्थान पर स्थानांतरण का भी योग बन रहा है लंबी दूरी की आज यात्राएं आप कर सकते हैं इसके साथ साथ आज कोशिश कीजिएगा किसी प्रकार के जो है नॉन या एल्कोहल आज आपको सितारे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो विष्णु सहस का आप लोग पाठ करिएगा और साथ ही साथ आज काले तिल का दान आप लोग जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का दैनिक राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ दर्शकों आप जो प्यार दे रहे हैं स्नेह दे रहे हैं इसके लिए हम आपके तह दिल से आभारी हैं और इस प्यार और इस सम्मान को देने के लिए आपको जो है हाथ जोड़ करके बहुत बहुत वंदन बहुत बहुत अभिनंदन इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फेसबुक पेज पर जितना अधिक हो सके शेयर करें दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम